जी, ने जी जी, के ने ने तो ये आज मेरे जन्मदिन की पार्टी हो रही है मेरा और मेरे भाई का जन्मदिन है तो हमें विश करो Thank you. तो ये है हमारी हमारी बर्थडे बर्थडे आज इसका ही है और मेरा ही बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे। बोलो थैंक थैंक यू। यू जी। पी घूम के दिखाओ घूम के राउंड दिखाओ राउंड करो फॉरेस्टे माराय पतली घूम कर चलो फटाफट चलो लोगन लोगन चलते हैं आज चलो वो तो मैंने ले लिया तुम तो हेलो जरा बोलो हैप्पी गो हेलो हां भी बोलो हेलो पहले टेबल बुक करते चल टेबल बुक कर रहे हैं तो क्योंकि 12 से 15 लोगों का लोग ये वाला और यहाँ पे लाइटिंग भी लाइन ठीक है वो तो खैर फ्लैश ऑन कर वो तो हो जाएगी वो तो है कैसे उसको नहीं अपनी चायरी दो मैंने फॉइल स्कूल से ले ली और ये केक कट हो रहा है और सबको बधाई में क्योंकि हम का केक का कर जो को गुंजन केक कट कर रही है पीयू ये कौन है तेरे जा जी ये चलो चलो चलो भाई दे कौन से नाइ कौन से कोई केक नहीं खाता 2 hours later what's up guys तो ये आज मेरे जन्मदिन की पार्टी हो रही है मेरा और मेरे भाई के जन्मदिन है तो हमें विश करो ब्लेसिंग थैंक यू अमिताभ कैंटल आगू बुझा दो पहले लाओ, और और की, की, मेरा मेरा। आया भी। एंड एंड एंड में में बाय बाय जब ब्लॉक एंड करेंगे अभी नहीं उधर से से। थे थे थे थे। काट ना काट काट के। तो दे तो के कार्ड गुंजन गुंजन ले बेटा बेटा काट काटेगी ना एक एक एक दूसरे का ये केक चुका है है और मेरा भी दिन आता बर्थडे देखो भाई इस द्वीप को सुसु आया है और ये वेटिंग के लिए वहीं नीचे बैठ गया ये है वेटिंग हाउस सुसु वाला और ही ये यहीं बैठ गया अबे खड़ा हो जा खड़ा हो जा <स्थाथ> पापा से बपस खाएगा सुन। वीडियो बन रही है पापा अच्छा। से अच्छा जाली भी ले ली जाली भी ले गुड्डू hmm. एंजॉय <स्थेवर्ण> <स्थ> बच्चे कौन ये है है है वो वो इसको। हमारी देख के लगता कि नाटक सही आया था क्योंकि बहुत थी। ये बड़ी बड़े बड़े पड़े। एकदम लौंडा इतनी देर काले काले ग यो यो ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे होगा ये क्या क्या क्या होता है देखो देखो देखो देखो हो वो वो भाई भाई भाई कुछ एक तरह तू भी कुछ होता कहना तुम दिखाएगी चैनल तो हो गया चैनल तो हो गया, हो गया लगा अभी एक हफ्ता ही हुआ बच्चों के लिए तो भाई कैसा लगा आपको मेरा आज का एक ब्लॉग अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर किया एक दिन मत जाना और कीप वॉचिंग बराबर बना उधर से उधर से ले ठीक है मैं बताऊं ये देखो ये देखो मेरे फ्रेंड जो फ्रेंड